काफ़ी दिनों बाद ये सॉरी बात करने से पहले मैं बता देना चाहता कि काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे टॉपिक ऐसा नहीं पा रहा था कि जिसमें वीडियो बना पाऊँ खाली वीडियो बनाना आदत नहीं है तो so, एक टॉपिक आज मुझे मिला है कि टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या हमें स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए या शेयर मार्केट में एक्सपेंड करना चाहिए मतलब अपने जो हमें आजकल बांधा जा रहा है स्वास्थ्य बीमा वर्सेस स्टॉक मार्केट कौन तो सी चीज हमारे लिए बेहतर है जहाँ में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आने वाले चीज़ों को ले जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि कोविड महामारी में तो उस समय हम लोगों ने अनाधुन स्वास्थ्य देखा अनाज और क्योंकि पता नहीं था कि स्वास्थ्य बिना खरीद के लोग अपने आप को सिक्योर मारे थे कि यार आपके पास बैंक जाएगा चलाना है और और कौन सी से हमारी बीमारियाँ हैं वो सही है लेकिन क्या स्वास्थ्य कोई भी बीमा कोई भी हम बात करते हैं बीमा पे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट वो तो हम बाद में लेते हैं लेकिन कोई भी बीमा अगर हम ध्यान दें अगर हम गाड़ी का बीमा कर रहे हैं कोई तो गाड़ी ले रहे हैं और आने वाले पाँच परसेंट एल आई सी फंड के अंदर हम लोग उस बीमा को बीमा है उस बीमा हम लोग लेते हैं और बीमा को करवाने के बावजूद हम उसमें देखते हैं कि हमने एक गाड़ी ली और उसमें बीस तीस हज़ार का बीमा करवाया उसका और पाँच साल के लिए या छः साल तक हम उसको पे करते रहे तो छः साल में उस पैसे की रेव्यू स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत शायद तो पाँच साल में अगर बीस हज़ार का, का है तो एक लाख रुपये हो सीधे एक लाख रुपए में क्या हमने वो पाँच साल यूज़ किए उन पाँच सालों में कोई ऐसी मिसहेप हुई हमारे पास कि हमने विकास लाख रुपये यूज़ अगर हमने वो एक लाख रुपये यूज़ किया देख देख तो बेहतर तो है कि यार हम लोगों ने 1 लाख रुपए दिए थे पचास साठ हजार रुपये अपने गाड़ी में काम करवा दिया लेकिन अगर हम 6 साल तक हमारे पास पर कोई परेशानी नहीं हुई 10 साल तक हमारे पास पर कोई परेशानी नहीं हुई और ग्यारहवें साल हमने एलआईसी की वो किस्तना ही छोड़ दी हम छोड़ दिए हमने गाड़ी लगभग लगभग क्या होना बारह साल होना और हमने गाड़ी को पैसा भरना छोड़ तो क्या हमारे पैसे क्या एलआईसी आई हमें तब उस पैसे का को कोई रिगार्डिंग उसको तो हमको कोई बेनिफिट चाहिए क्या एलआईसी उस समय हमारे उस पैसे में से मान लिया अगर हमने 10 साल इन्वेस्ट किया है पाँच साल में एक आया है तो 10 साल में दो आ जाएगा वो वही वैल्यू चाहे 2 लाख में से हमको एलआईसी उस समय अगर हमारा ग्यारह साल हम उस पैसे को नहीं देते हैं या हमारी ओफिस छूट जाती है हम बंद कर देते हैं किसी भी कारण को तो क्या ग्यारहवें साल हमारा वो पैसा हमको मिल पाएगा एक सोचनी विषय था इस विषय पर मैंने एक वीडियो तैयार किया है जिसके अंदर हम देखेंगे अंदर जब हम सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एक एल फंड में और एक शेयर मार्केट के उसमें तो हम देखेंगे कि किस कौन सा हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में अगर हम पाँच साल सेविंग कर देते हैं या पाँच साल इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमारे कौन सी चीज़ क्या बेहतर कर जा क्या हमें वो पाँच साल उसमें लगाना चाहिए या पाँच पाँच लाख उस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप लोग मेरी बातों पर सहमत होंगे तो शायद आप लोग इन्वेस्टिंग का वो तरीका अपनाएंगे जो शायद मैं अपना रहा हूँ अगर वो तरीका नहीं अपनाएंगे तो शायद हम लोगों को एलआईसी आई सी के बीमा खरीद या किसी भी बीमा में खरीद के किसी बीमा में जाके हमें कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता पर्सनली रूप से इसलिए मैं किसी बीमा के अवो तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए जो हम सस्टम आएंगे देखेंगे कि यार किस टॉपिक में आखिर क्या अंतर रहता है और किस तरीके से हम इस तरीके में डिफरेंस पाते हैं इन सब टॉपिक को जानने के लिए हमें सिस्टम में आएंगे उससे पहले मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आधे में जान आधे वीडियो को देखकर कोई निष्क पहुंचे वीडियो कम कम से पूरा तब एक लिए में में हाँ। में इस में हमें वो जानकारी तो हम लोग हैं मेरा जो आ, के ट्रेडिंग उस हूं और उस अकाउंट अकाउंट जाता और की कुछ बात आपको बताता हूँ एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दो हजार सोलह में इस फंड की वैल्यू देखते हैं 2016, तो दो हजार सोलह में इस फंड की दो सौ रुपए पीछे का इतिहास देखते हैं आगे तो हम भविष्य नहीं दिखा सकते लेकिन हम पीछे का इतिहास देख के हम आगे की रणनीति तैयार कर सकते शेयर मार्केट है, यही है। लोग इसको बुरा समझते हैं लेकिन इसको समझने से पहले इसकी वक़्त अपने लाइफ में जान अगर हम यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट हमने एल में किया होता और ये तारीख नीचे शो हो रही है यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर तारीख शो हो रही है ये तारीख है दो मई दो दो मई 2016 से अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता और वो की बात कर रहा हूं मैं आपकी अभी शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ 2020 तक हम ले जाते हैं। चार साल सपोर्ट पांच साल ले जाते हैं। और हमें कोई बीमारी नहीं फिर हम इसमें शायद हमारी वैल्यू जो होती है इस पैसे की हम छोड़ देते हमारा कोई ऐसा होता कि हम इस बीच में इस पीरियड में 21 के बाद यहाँ तक कोई किस्त नहीं बढ़ती और हमें यहाँ पर कहीं पे बीमारी हो जाती दो मई दो को भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन हो जाती सपोज अगर हो जाता ऐसी कंडीशन आ जाती तो क्या एल हमारे इस पैसे को जो हमने 1 अप्रैल 2 अप्रैल 2016 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था एल फंड के अंदर और करीब हमने इक्कीस तीन मई दो तक हमने इस पैसे को इन्वेस्ट किया और उसके बाद हमने अगर छोड़ दिया होता तो क्या हमारा एलआईसी इस पैसे को देता इस पैसे का रिटर्न हमें ये जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ तक हुआ था क्या एलआईसी हमें इस पैसे के वैल्यू हमें वापस करता हमें हमने यहाँ पर इस पीरियड में कोई किस्त नहीं भरी होती तो क्या एल हमारे आ, उस बीमारी को जो हमारे उसमें हुई होती उसका इलाज कराता या उसमें कोई फंड एडिशन करके हमको कुछ चीज़ की हमें सुविधा प्रदान करता शायद नहीं वो पैसा हमारा फंड में निवेश जरूर होता लेकिन वो पैसा हमारा घुस चले जाता और उस पैसे का कोई बेनिफिट्स हमको नहीं मिलता अगर हम कोई भी किस्त इंस्टॉलमेंट अपनी छोड़ देते और सपोज दैट अगर यही चीज़ हमने इसमें कही की होती एक तो हमें शेयर मार्केट में कुछ वर्षों के बाद Suddenly, एक वर्ष की बात नहीं वर्ष लगभग लग दो से ढाई वर्ष के बाद हमारा पैसा रिटर्न देना लगता है बहुत अच्छा इस बात को हम समझते हैं और दूसरी बात जब वो रिटर्न देने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट अच्छा रखना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए हमारा मन लगे रहता है क्योंकि उसका रिटर्न वैल्यू देख और जब वो रिटर्न वैल्यू हमें दिखती है तो हमें उस पैसे में ऐसा लगता है कि हाँ इस पैसे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस पैसे का काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा वैल्यू रही है तो हम लोग उस पैसे को ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट करते हैं तो होता है क्या है 2016 में हमने यहाँ पर दो सौ का ये शेयर था इसको ख़रीदना शुरू किया हर महीने प्रति महीने हम इसको खरीदते हैं हज़ार रुपए के हिसाब से अगर हम इसको खरीदते हैं तो ये यहाँ पर कहीं पे बहुत अच्छा गया 313 ये तारीख थी 2018 की जिसमें हमारी वैल्यू बहुत अच्छी थी फिर ये गिरा फिर ये इससे ऊपर 355 रुपए में ये तारीख थी 2019 की 19 के बाद बीस में जो कोविड आया वो ये पीरियड था जो एक रेडी रेड कैंडल दिखी ये इस पीरियड में इस शेयर को अपनी वास्तविक वैल्यू में ही पहुंचा लेकिन फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं था क्योंकि हमारा पैसा ही तो जा, दो हजार दो सौ बारह रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट था तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं था और शायद हुआ हुआ भी होगा तो नेक्स्ट जब कोविड खत्म सितंबर में तो वहां से ये पैसे ने दोबारा रेस लगाई और उसने सारे टारगेट छोड़ते हुए 355 का टारगेट भी तोड़ दिया चार का टारगेट भी तोड़ दिया पाँच का टारगेट भी तोड़ गए दोबारा ये शेयर चार सौ बावन में घूम रहा है अब अगर हम इसके पैसे की एक वैल्यू देखते हैं कि हमारे पैसे का हमारे पैसे का क्या बाकी में वैल्यू हुआ है तो अगर हम हजार रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करते थे तो एक साल में हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ बारह हज़ार रुपये और पाँच साल का अगर हम हिसाब लेते हैं पाँच साल में सिक्सटी मंथ होते हैं तो मल्टीप्लाई सॉरी सो, मल्टीप्लाई बाई सी करते हैं तो हमारे पैसे का जो हिसाब होता है आता है और ये पैसा अगर हम दो सौ रुपये से इन्वेस्ट कर रहे थे और आज ये पैसा हमारा चार सौ यहाँ पर है चार सौ बहत्तर रुपये में है तो जस्ट हमारा पैसा दुगना से तिगना हो चुका है लगभग तिगुना हो चुका है लगभग ये पैसा यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट के पश्चात ये पैसा हमारा जो हजार रुपए की आर टी है यही आर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो अगर हमने यहाँ से शुरू किया था तो ये शायद दो सौ रुपए का फंड वैल्यू थी इसकी दो अगर हमने इसको शुरू किया तो आज इसकी कीमत है चार सौ तो जस्ट डबल है पैसा क्योंकि तो 200 रुपए से स्टार्ट किया था 470 रुपए तो पैसा डबल है तो हम इसको मान लेते हैं लगभग लगभग ये पैसा सपोज डायरेक्ट ये पैसा जो होगा वो लगभग लगभग यहाँ पर देखिएगा एक लाख चालीस हजार की समथिंग ये पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए हमारी डिपेंड जिसको सिर्फ हमने हजार रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट किया था और जबकि अगर हम हजार रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट हर आदमी कर सकता है कोई बड़ी बात नहीं है हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना और ये हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट पाँच साल के अंदर यहाँ दिखता है hmm. फंड आप ऐसा छाटिए फंड आप ऐसा लीजिए ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जो ब्रांडेड हो जैसे हिंदुस्तान लिवर जैसे एस जैसे सिपला सिप्ला का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो क्या शिपला ने क्या किया टाइटन अगर इन फंडों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से इन फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पैसे को आपके पैसे को ऊपर जाने से यह इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आपके पैसे की वैल्यू क्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बिल्कुल साहब आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी आपका पैसा निखर के सामने आएगा आपके पैसा आपके सामने रहेगा आपके पैसे को आप अगर दो तीन किस्तें छोड़ भी देते हैं आपको कोई डिफॉल्ट चार्ज नहीं देना है तो ये शिपला का शेर है इसको भी देख लेते हैं हम अच्छे ब्रांडेड कंपनी में आप स्टॉक पकड़िए और उसको ये मत देखिए वो गिर रहा है बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा ही इसमें कोई चेंजेस हो रहा है उसको उसको मद्देनज़र ना रखिए के सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर किसी ब्रांडेड शेयर में बात करते हैं 2016 की बात है और हम भी इसको जनवरी से पकड़ते हैं जनवरी में इस शेयर की कीमत लगभग लग लगभग पाँच सौ चार के करीब थी ये शेयर की कीमत है मैं आपको आप प्रदर्शित कर देता हूँ एक मार्च, एक मार्च में हमने फिर इस शेयर को पकड़ा, और इस इस शेयर शेयर शेयर को अगर अगर हम ज़ूम करें तो तो आप देख की तो की कीमत कीमत लगभग है 570 है, जो हरी में दिखा रहा हूं। वो 570 उस पर विध इन फाइव इयर्स में हमने इसको वक्त भी खरीदा नीचे गिरते की की पैसा आपका फिर दिग्ना होने के हिसाब में है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए ऐसा एक इन्वेस्टमेंट चलाइए मात्र हजार रुपये में या दो हजार रूपये में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक ट्रेडिंग को जुआ मत समझिए स्टॉक ट्रेडिंग जुआ नहीं है स्टॉक ट्रेडिंग एक मनी मशीन है जहाँ पर ग्लोबल के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं इसको समझिए इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और इसको इसमें लॉस आदमी वही खाता है जो बहुत जल्द अमीर होने की कोशिश करता है इसमें लॉस आदमी वही खाता है जो इंटराटे ट्रेडिंग करता है बल्कि इसके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर तो हम इसकी वैल्यू इस पैसे को यहाँ पर छोड़ देते हैं ये एक हमारा सेविंग फंड की तरह काम करता है और इसको ये पैसा हमारा निखर के बाहर आता है निखर के मीन्स दुगना हो के बाहर आता है लेकिन शर्त ये है कि आपका स्टॉक ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए आपका इस्टॉक में एक घटते क्रम में भी बाइंग होनी चाहिए आपके इस्टॉक के बढ़ते क्रम में भी बाइंग होनी चाहिए आपको सिर्फ ख़रीदना है और रिज़ल्ट उसका आफ्टर फाइव या सिक्स ईयरस बार आपने देखना है तब आपका पैसा जस्ट दुगना होने की रेंज में होगा और यही सब चीज़ में अगर मैं इसका डिफ्रेंसेस निकालता हूँ डिफ्रेंसेस सिर्फ ये निकल के आता है कि एल को तो अगर हम कोई किस्त छोड़ देते हैं तो एल हमें उस फंड की पूरी वैल्यू ही देता है लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर कोई आकस्मिक बीमारी में उस चीज़ को छोड़ देते हैं आपसे कोई डिफॉल्ट चार्ज नहीं लिया जाता है बल्कि वो पैसा आपके बैंक के सेविंग अमाउंट की तरह ही उसमें काम करता है उसकी वैल्यू बढ़ती है और दूसरा काम दूसरा बेनिफिट ये है कि आप उसको किसी भी समय कंटिन्यू कर सकते हैं जब आपकी आकस्मिक परेशानियाँ ख़त्म हो गई आप उस फंड को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं या आपकी परेशानियाँ बहुत बड़ी हैं तो उसको आप आकस्मिक रूप से तोड़ के सारा पैसा निकाल सकते हैं इस बेनिफिट को समझिए इस बेनिफिट्स में जाइए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्रम रखिए तो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ऊपर होगा। तो, इन्ही बातों के साथ दोबारा समाप्त करता हूँ कि काबिल वही बनता है काबिल वही बनता है जो बार बार गिर खड़े होने की कोशिश करता है काबिल वो नहीं बनता जो गिरने के बाद हो भी छोड़ कोशिश करिए आगे बढ़िए ताकि आपके पैसे का आपका वैल्यू का आपके पैसे की आपके खून पसीने के पैसे की सही जगह पर इन्वेस्टमेंट हो सके सही जगह पर आप उसका प्राप्त कर पैसे का इन्वेस्टमेंट का उसका रिटर्न प्राप्त कर सकें धन्यवाद आपका दिन शुभ